भर बुन के आखो मेह है कितनी करुणा जाके सुदामा भिखारी से पूछो जाके सुदामा सुदा भिखारी से पूछो है क्या त्या है कर मात क्या उनके चरलो की में राज क्या उनके चर की कि रज में जा कर के गौतम कि से पूछो जाकर के गौतम कि से पु कृपा कितनी करते हैं शरनागतों पे कृपा कितनी करते हैं शरनागतों पे बता सकते हैं जदि बता सकते हैं जदि मिलेंगे विभीषण पति तो को पावन पतितों को पाम वो कैसे बनते जतायो चरी से मन से हिस पूछो जतायो सरी से मन से हिसि से पूछो है कर मा त मुन के चरणों की राजमे है करमा ताम के चरिनों की रहने जाकर के गौतम किनारी से पूकर के गौतम किनारी से पूछो प्रभु कैसे सुनेते हैं दुखियों की आए कैसे सुनेते हैं दुखियों की आए तुम्हें ज्ञात हो राजा तुम्हें ज्ञात हो राजा बल्कि कहानी मेरा निराधार का कौन आधार है मेरा निराधार का कौन आधार है जगने प्रश्न दुर्पद दे दुलारी से पूछो हे प्रश्न दुर्पद दुलारी से पूछो है करमा ताम के चरिनों की रज में जा करके गौतुम कि से पूछो क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है क्षमा सीलता उनमें कितनी भरी है बताएँग्री गुजी बताएँगे भ्रीगू जी वो सब जानते हृदय उनके भावों का हृदय तो मुन के भा का है कितना भूखा भूख गुरबरी से बारी बारी से पूछो गुरबरी से बारी बारी से पूछो है कर माता उनके चरणों की रज में कर मा ते चरणों की रज में जाकर के गौतम नारिच पूछो जा